बिल्डिंग दिख रही है ना ये वाली इस बिल्डिंग में एक दिन मुझे फ्लैट लेना है कपल्स ही कपल्स रहते हैं इससे दो लाडी खाना इतना ही होता है तो हेलो गाइस कैसे आप लोग आई होप सब बढ़िया होंगे बढ़िया ही होने चाहिए गाइस जा रहा हूँ यहाँ पे नाइनटी फीट जो यहाँ पे जाऊँगा और देखते हैं क्या रहेगा कुछ कुछ रहेगा दिखाने लायक तो आपको दिखाऊंगा क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे टिकटर्स मतलब बोलते ना वन मिलियन टू मिलियन वाले जितने भी टिक रहते हैं वहाँ पर सब आते और अपनी वीडियो शूट करते वो चल के वहाँ पर आपको डायरेक्ट दिखाता हूँ और एक चीज़ इधर जितनी भी आवाज़ आ रही है सबको इग्नोर करना क्योंकि मैं पैदल चलता हूँ यहाँ पे ब्लॉक करने के लिए तो मेन 90 फीट है ना वो इधर से स्टार्ट हो जाता है क्योंकि यहाँ पे देख रहे हो बहुत चौड़ा रोड रहता है तो इधर से 90 फीट स्टार्ट हो जाता है तो भी चलते हैं फाइनली वहाँ मैं पहुँचने वाला बस जस्ट अराउंड टू मिनट में आ रहा था इधर देखो ये पीछे पूरा नाइन्टी फीट है वहाँ पे मैं जाने वाला था पर मैंने सोचा एक बार आपको इधर का भी व्यू दिखाता हूँ बहुत ही ज़्यादा प्यारा लुक है यहाँ पर बहुत आवाज़ भी आ रही गाड़ी की मुझे पता एक बार देखो इधर का भी व्यू देख रहे हो जो ये सामने वाली बिल्डिंग है या फिर ये बिल्डिंग में या फिर ये बिल्डिंग में किसी एक बिल्डिंग में मुझे एक दिन आपकी सपोर्ट से एक घर लेने और ये देख रहे हो ये रोड अभी क्यों इसलिए ऐसा है क्योंकि ये अंडर कंस्ट्रक्शन है क्योंकि इधर पर बिल्डिंग्स बन रही हैं अभी यहाँ पे देख रहे थोड़े टूटे फूटे अभी अंदर जाऊंगा और इंटरेस्टिंग चीजें दिखेंगी आपको तो चलते उधर पे ये तो तो जो बिल्डिंग दिख रही है ना ये वाली इस बिल्डिंग में एक दिन मुझे फ्लैट लेना है क्योंकि बहुत ही प्रीमियम बिल्डिंग और इधर ये वाली भी बिल्डिंग में है पर उतना अच्छा नहीं जितना इसमें है तो इधर पे अभी थोड़ा खराब है क्योंकि कंस्ट्रक्शन लाइन है यहाँ पे थोड़ा कचरे की गाड़ी जितनी बन जाएगी उसमें सब हटा देंगे यहाँ से पूरा रोड पूरा रोड खाली रहता है पर यहाँ के कुत्तों से बच के रहना चाहिए पूरा रोड ही खाली रहता है बस यहाँ पे मैं यही आपको दिखाने जाता था कि ये बिल्डिंग मेरी मुझे बहुत अच्छी लगती है जिस एरिया में मैं चल रहा हूँ ना वो एरिया इतना डेंजर है ना पूछो ही मत क्योंकि पीछे देख रहे हो एक टैंक बन रहा है यहाँ पर तो अंडर कंस्ट्रक्शन है बोल नहीं पा रहा इतने हार्ड है प्रो, प्रोनाउंसेशन मैं नहीं कर पाता हूँ इतना ज़्यादा मतलब बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिसके प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाता हूँ और प्लस अगर गाड़ी की आवाज़ आ रही है तो फिर उसके लिए सॉरी और प्लस एक और चीज़ तो कैमरा ऊपर नीचे हो रहा है क्योंकि मैं यहाँ वहाँ देख के ब्लॉग करता हूँ ना आप सोच रहे होंगे कि कैमरा इतना क्यों हिलता है भाई मैं आपके अगर तब देख के चलूँगा ना तो यहाँ पे इतने लोग आते जाते हैं है। ना उन लोगों से मेरा सर टकरा जाएगा इसलिए वीडियो में मेरा असर कट जा रहा है ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा था फोन तो कैमरा हिल रहा है इसलिए ऐसा है रोड की पूरी लाइन से से वहाँ तक दिख रही है ना सब बस वस के पीछे सब लोग कपल्स ही कपल्स रहते तो इसलिए यहाँ पर आना वो तो पुलिस से दो लाठी खाना इस ही होता है मैं सोचा था इसके पीछे जाऊंगा पर मैंने बोला नहीं अभी घर से फ़ोन आ रहा है अभी घर पे जाना है जो मैंने कल दूध मदरसे में दिया वही वही रोज़ हम लोग को कम से कम अभी 40 दिन तक करना है तो इसलिए मैं अभी रोज़ रोज़ मुझे वहाँ मदरसे में दूध पहुँचाना पड़ता है और एक चीज़ मुझे सबसे बड़ी मुझे प्रॉब्लम होती है मतलब कोई किसी के सामने ब्लॉक नहीं कर पाता हूँ अभी मैंने मतलब कैसा स्टार्टिंग किया शॉट्स डालता था वैसा किधर शॉर्ट्स अपलोड किया घर पे आके वॉइस ओवर कर डाल देता था और अभी क्या बड़े ब्लॉग्स डालना बड़े ब्लॉग में इतना वॉइस ओवर नहीं होता है जितना मैं शॉट्स में करता था और इसलिए मैं कर नहीं पाता हूँ बरूबर से मैं वॉइस ओवर करूँगा तो फिर मतलब बोलते हैं ना पूरा ब्लॉग अजीब सा मतलब सा ब्लॉग लगेगा इसलिए मैं नहीं करता इसमें वॉइस ओवर जो जैसी आवाज़ आ रही है वैसे ही आ दो और बाकी का देखा जाएगा क्योंकि बहुत सारी गाड़ियाँ चलती है इसलिए बरूबर आवाज़ मेरी आती है नहीं आती मुझे नहीं पता बस मैं कोशिश करता हूँ थोड़ा ज़ोर से बोलूँ पर यहाँ पे मैं वो तो ऐसा भी नहीं बोल पाता हूँ क्योंकि मैं यहाँ वहाँ देखते रहता हूँ और बोलते रहता हूँ उधर से जाके आने में अंधेरा हो गया इतने में कम से कम एक किलोमीटर भी नहीं था शायद से और देख रहे हो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कितना अंधेरा हो गया सब जगह की लाइट्स भी जल गई है यहाँ पर आपको दिखाई सब लाइट्स सब दुकान की लाइट्स जल गई हैं यहाँ